दोनों मिलके भाभी भैया भैया इसके बाद का साला इस आपको मिल के भाभी भर से इसको निकाल के उनको भी मेरे भाई बहन बा, बा, की दुलाबैंड मेरे बहन आई वो भी थे